स्वागत है आप सभी का मेरे नियर दिल्ली यूट्यूब चैनल में अभी ही मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर जिसमें महिंद्रा की गाड़ी में आग लगी थी तो मैं आप आपको बताना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में कैसे आग लगी और क्यों लगी आखिर आग लगने का मेन कारण क्या है मेन कारण गाड़ी का ये है कि गाड़ी बाहर खड़ी है पहले तो उसमें मैं गाड़ी का इंजन स्टार्ट है इतनी गर्मी में 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में गाड़ी का अंदर आ, गाड़ी का इंजन स्टार्ट है अंदर एसी चल रहा है और उसमें गर्मी के कारण कुछ फॉल्ट आ गया होगा इंजन में या एसी में जिससे गाड़ी में बर्निंग हो शुरू हो गई और ये गाड़ी सेकेंडों में चंद सेकेंडों में मतलब मिनटों में गाड़ी जल के राख हो गई गाड़ी धू धू कर जलेगी बिल्कुल और जल के राख हो गई तो उसका मेन रीज़न ये है कि भाई गर्मी में गाड़ी कहीं ऐसी जगह पार करो जहाँ छाया हो जहाँ और एसी सी चला के बैठने के अंदर क्या जरूरत है भाई थोड़ा बाहर निकल लो इतनी गर्मी भी नहीं है तो मतलब आप पेड़ पौधे के नीचे भी आप गर्मी मतलब हम लोग भी तो रह रहे हैं हम हम लोग भी तो आदमी हैं कोई जानवर थोड़ी नहीं है देखिए कैसे गाड़ी धूध के चल रही है चंद सेकेंडों में बंदे की गाड़ी जल के राख हो गई चंद सेकेंडों में और फायर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले गाड़ी जल जुल के राख खत्म सब कुछ ख़त्म हो गया तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई जो धुआँ ऊँ निकल पड़ा बहुत निकल फायर ब्रिगेड वालों ने बुझाया और उसको ठंडा किया गाड़ी को तो ये गाड़ी चंद सेकंडों में चल के राख हो गई मौके पर सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पे पुलिस वाले मौजूद थे क्योंकि नोएडा का ये पौच इलाका है नोएडा 46, और वहाँ पे पुलिस वाला पुलिस वाले, वाले हमेशा पेट्रोलिंग वगैरह करते रहते हैं काफ़ी आगे आगे चुछ गाड़ी चलने के बाद मौके पर मैं मौजूद था थी चलने दे है। है। के बाद कैसे बच्चा पीछे का सीट रहे आपको महेंद्रा गाड़ी पंद्रह मिनट के अंदर सारा काम होगा जल गई गाड़ी गई गाड़ी क्या गा� और एक काफी दिल्ली नंबर नम्र गाड़ी सी उनका बहुत ज्यादा रिएक्शन रहता है 8, तो दिखाने गोग गोग कोई हैं लास्ट में कुछ दबाव है गाड़ी सा लग रहे हैं। देख सकते हैं या तो आपकी गाड़ी में कोई इशू होगा फिर उस बंदे में, भी ये में दिक्कत तो, प्रेवाला प्रेवाला जो दोनों ऐसे थी गाड़ी कैसे गर्मी लोगो से मिट नहीं रही है पांच रुपए लीटर पेट्रोल हमारे गाड़ी में साइकिल लड़वाने का पैसा नहीं है ऐसे लोग गाड़ी इंजन स्टार्ट करती है गाड़ी जल के के दिखाता आपको पीछे दिखा तो चल कुछ नहीं बचा गाड़ी में और ये देखिए पीछे से बिल्कुल गाड़ी थी और महिंद्रा की गाड़ी है भाई महेंद्रा आपने देखा महेंद्रा देखिए गाड़ी का चलो गाड़ी में आग लगना दिखा रहा हूँ मतलब क्या बताया जाए का सब देखिए आप और नोएडा के सकता हूँ जहाँ लोग रहते हैं टाइप कीजिए सब्सक्राइब जरूर से जरूर वहाँ से लिख कीजिए